छिंदवाड़ा में गोभी की फसल के उचित दाम न मिलने की वजह से किसान परेशान है बाजार में पत्ता गोभी के दाम पांच रूपए किलो हैं। इस दाम से किसानों का फसल को बाजार तक ले जाने का खर्च भी नहीं निकल पाता है जिससे नाराज किसानों ने मवेशियों को अपने खेतों की पत्ता गोभी खिलाना शुरू कर दी है सरकारें भले ही खुद को किसान हितैषी बताने का प्रयास करती हो लेकिन देश के अन्नदाताओं की दयनीय स्थिति तो कुछ और ही कहती है छिंदवाड़ा के बाजार में पत्ता गोभी पांच रूपए किलो तक बिक रही है ऐसे में किसानों को खेत से गोभी काटकर बाजार लेकर जाना भी महंगा साबित हो रहा है अब एक दर्जन से ज्यादा गांव के किसानों ने फसल के उचित दाम न मिलने की वजह से खेत में लगी गोभी मवेशियों को खिलाना शुरू कर दी है आपको बता दें अक्सर देखा जाता है कि जब भी किसानों द्वारा फसल का उत्पादन किया जाता है तभी बाजार में उसके दाम गिर जाते हैं जिस वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें